Friends, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों महाकाश विज्ञान का एक ऐसा अंग है, जिसका खोज कभी ना खत्म होगा ही ही होने वाला है। जितने दिन बीतेंगे, उतने ही नए खोज मिलते रहेंगे लेकिन हम और आप स्पेस के बारे में कितना जानते हैं बहुत कम मगर हम आपको महाकाश और ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो तो देखते तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स पृथ्वी में हम जितना भी आवाज सुनते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वायुमंडल वायुमंडल साउंड तरंगों के परिवहन में काम करता है एक जगह से दूसरे जगह आवाज वायुमंडल के सहारे ही चलता है मगर इसका ठीक उल्टा है महाकाश में स्पेस में कोई वायुमंडल नहीं होता इस कारण वहां एकदम शांत परिवेश है और कोई ग्रेविटी ना होने के कारण कोई भी वस्तु या फिर इंसान तैरते रहते हैं किसी भी स्पेस शिप के साथ अगर एस्ट्रोनॉट्स बंदे ना हो तो महाकाश में खो जाएंगे और उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा हाँ और एक बात आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से तब कैसे संपर्क करते होंगे तो चलिए इसका जवाब भी दे देते हैं रेडियो तरंगों से रेडियो वेव के सहारे अंतरिक्ष यात्री धरती में बने स्पेस स्टेशन के साथ संपर्क साधते हैं हम सब को पता है कि बुध यानी मरकरी ग्रह सूरज के नजदीक है तब जरूर इसका तापमात्रा अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा लेकिन ऐसा नहीं है मरकरी में वायुमंडल प्रॉपर ना होने के कारण सूरज से निकला ताप वहां नहीं रुकता बल्कि वापस फैल जाता है। है में में। में सबसे ज्यादा होता शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सूरज से निकला गर्मी वायुमंडल के अंदर ही रह जाता है बाहर नहीं निकल पाता इसके कारण वहाँ तापमान चार डिग्री सेल्सियस रहता है जो कि सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों धूमकेतुओं को देखना किसे नहीं पसंद है हमारे स्कूल में हेलेस कॉमेट के बारे में सुना था उसके ऊपर हमारे उत्सुकता तभी से बढ़ी लेकिन अपने आंखों से देखने का सौभाग्य शायद हम कम लोगों को मिला होगा क्योंकि ये सामान्य धूमकेतु नहीं है हर 76 वर्ष बाद बाद ये पृथ्वी से दिखाई देता है पिछली बार इसको नाइनटीन में देखा गया था और अगली बार 2061 और 2062 के बीच किसी एक समय देखा जा सकता है सूरज हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और इसी को चक्कर लगा रहा है पृथ्वी और सब ग्रह वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल के, के ज्यादातर ग्रह एस्टोर और कई चीजें हैं जो सूरज से टूटने के कारण बने हैं यानी ये सब सूर्य के अंश है लेकिन क्या आपको मालूम है सौर के अंतर्गत जितने ग्रह उपग्रह एस्टोर धूल गैस इन सब का लगभग मिला के जितना द्रव्यमान निकलता है उसका निन्यानवे सिर्फ सूरज का ही है, है। ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और इस ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाए हैं ये भी खोज के विषय है लेकिन कुछ के बारे में जानकारी लगाया जा चुका है जैसे कि एंड्रोमेडा मिल्की वे वर्लपुल और कई गैलेक्सीज़। इनमें से मिल्की वे गैलेक्सी में है हमारे मध्यम वर्गीय खोजकर्ताओं के मुताबिक अब तक 125 बिलियन गैलेक्सीज को देखा जा सकता है या फिर इनके बारे में पता लगाया जा सकता है और हमारे मिल्की वे आकाश में 100 से 400 बिलियन तारे हैं पृथ्वी से सबसे नजदीक में स्थित स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड्रोमेडा जैसे कुछ और गैलेक्सियों के बारे में आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा अब आते हैं पृथ्वी से सबसे दूर में स्थित गैलेक्सी जी एन हाइफेन पे ये सप्तरसी तारा मंडल के अंतर्गत हाई रेडशिफ्ट आकाशगंगा है जो 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी में स्थित है करमान लाइन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मान है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष में सीमा और उनके बीच का फासला नापा जाता है फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के मुताबिक सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर वाले रेखा से कर्मान लाइन शुरू होता है लेकिन नासा और यूएस एयरफोर्स इसे नहीं मानते उनका ये नाप समुन्दर के जलस्तर से 80 किलोमीटर ऊपर में से शुरू होता है अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है लेकिन अंतरिक्ष का तापमान है बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अनुसार स्पेस में तापमान -270.45 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों वेनस को अपने एक्सिस में एक चक्कर घूमने के लिए 243 पृथ्वी दिवस के बराबर समय लगता है लेकिन सूरज के चारों ओर घूमने में 224.7 पृथ्वी दिवस लगता है। सच में दोस्तों कितना स्लो है ये वेनस। जानते हैं दोस्तों एक ही प्रकार का दो धातु किसी भी कारण अगर मिल जाता है तो वो स्थायी रूप से मिलके एक ही हो जाता है खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे तैरता हुआ पानी का कण होता है इनको मिलाकर विशाल जलवाष्प का जमावट बना है तो इन सबको मिलाकर जितना मास होता है वो पृथ्वी में स्थित समुंदर नदी एवं महासागर में मौजूद पूरा पानी के कण का जो मांस है उससे एक ट्रिलियन गुना ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत छुड़ा है लेकिन इसका ढाई गुना ऊंचा एक ढाल ज्वालामुखी है मंगल ग्रह में ओलिपस मॉन्स नाम का यह ज्वालामुखी अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका ऊंचाई डेटम से इक्कीस मीटर ऊंचा है जियोडेटिक डेटम धरती में किसी स्थान को पता लगाने का संदर्ध बिंदु है हीरा हीरा किसे नहीं पसंद पसंद है है है हम और और आप आप सबको परंतु सोचिए सोचिए का अगर भंडार आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे इतना मत दोस्तों वो खजाना पृथ्वी से दूर और एक बही ग्रह में है। 55 ई e नाम से अगस्त 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था अधिकांश भाग कार्बन से बना इस बही ग्रह में मौजूद एक तिहाई पदार्थ का द्रव्यमान तापमान और दबाव के कारण हीरा में परिवर्तित हो चुका है 55 कैनक्राई ई e नाम का बहिग्रह फिफ्टी फाइव कैनक्राई ए नाम से बना एक तारा का चक्कर लगाता है और सबसे पहला खोजे जाने वाला यह महापृथ्वी का व्यास हमारे पृथ्वी से दो गुना ज्यादा है अंत में एक और मजेदार तथ्य आपके साथ शेयर करता हूँ नासा के द्वारा स्वीकृत सूट का कीमत इतना यूएस डॉलर सूट का कीमत इतना क्यों हुआ जानते हैं बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल के कारण जो कि इन पूरा कीमत का सत्तर प्रतिशत है तो दोस्तों ये था आज का फैक्ट्स फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद